गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले सेटिंग जीएसटी का कैसे करेंगे टैली थ्री पॉइंट जीरो में सुधीर अकाउंट सॉल्यूशन नागपुर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं ये देखो टैली में हम लोग आए अभी मैंने क्या किया भाई ग्रुप में कुछ स्टॉक आइटम यहाँ पे बना बनाकर रहेंगे जिससे मैं आपको चार्ट ऑफ़ आप अकाउंट में यहाँ पे दिखा सकता हूँ ये देखो ये मेरे पूरे स्टॉक आइटम्स है और जैसे कि आप जानते हो कि F11 में अगर मैं ये सेटिंग यहाँ पे ये जो सेटिंग है इसमें कंपनी लेवल दिया हुआ है कंपनी लेवल पे मैं अगर जो भी यहाँ पे सेट करता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एच एस सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल uh, अप्लायंसेस उसके रेट जो है मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं जो भी टैक्सेबल रेट से वो अभी यहाँ पे हम लोग इसको इंफॉर्मेशन को सेव कर ले ये जो जीएसटी की सेटिंग में आपको पता नहीं जा रहा हूँ ये जीएसटी की जो सेटिंग है ये है कंपनी लेवल सेटिंग कौन से है कंपनी लेवल सेटिंग तो डिस्प्ले में जाएंगे जीएससी रिपोर्ट में जाएंगे और इसमें जीएससी में जाएंगे रेट सेटअप में जाने के बाद जो स्टॉक आइटम आपको दिख रहे हैं ये देखिए ये सारे के सारे यहां पे ऑटोमेटिक सेट हो गए ठीक है ये देख सकते हैं आप ये ऑटोमेटिक यहां पर सेट हो गए क्यों क्योंकि मैंने एफ में यहाँ पे इस जगह में उसको सारे जो सेटिंग है मेरी पे वो सेटिंग की ठीक है अभी नंबर कितने भी दो तो वो टेली क्या करेगा अगर किसी का होता है ना कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एक तरह के ही स्टॉक एटर्न में वो डील करते हैं या किसी ट्रेडिंग कंसर्न में कोई होलसेल डीलर है तो एक तरह के ही प्रोडक्ट में वो डील करेगा है ना तो हो सकता है कि उसके नंबर तो तो सारे सारे ऑफ सेट करना है।, है ना तो उसको एटम लेवल पे सेट करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी सिर्फ यहाँ पे जीएसटी आपको अप्लीकेबल करना पड़ेगा अब दूसरा सीनियरियो लेते हैं कि हम लोग इसको ग्रुप में डाल देते हैं अभी मैं एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है स्टॉक ग्रुप उसका नाम मैंने दिया हुआ है ग्रुप ए अब देख सकते हैं आप स्टॉक ग्रुप ये मैंने ग्रुप ए दिया हुआ है अभी सपोज करके चलते हैं कि ये जो ग्रुप ए है इसके अंदर में जो मैं टैक्स रेट रखता हूँ वो रखता हूँ फाइव ठीक है अभी मैं इसको ग्रुप को ऑल्टर करूंगा ग्रुप को ऑल्टर करने के लिए कंट्रोल ए इंटरप्रेस किया हुआ है और यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि मैं स्पेसीफाई जो है रेट्स वो कंपनी लेवल से ना लेते हुए यहाँ पे स्पेसिफाई करू पे मैंने इसको ये कोड डाल दिया एक चार दो हजार बीस से मैंने रखा हुआ है इसको और यहाँ पे भी मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया टेक्सेबल रेट फाइव तो ग्रुप ए में जितने भी प्रोडक्ट मेरे रहने वाले है जैसे की ये ग्रुप ए है ये ग्रुप ए में जितने प्रोडक्ट में रहने वाले हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट 5% में आ गए आप देख सकते हैं ठीक है है अब जो ये ग्रुप के अंदर में नहीं है, वो सारे कोर्सेज में रहने वाले वो रहेंगे कंपनी के ठीक है तो देख ले ग्रुप से इसको विड्रॉल करेस किया चेन जो पैं ग्रुप में आके उसको प्राइमरी कर दिया तो जो सारे आइटम थे वो जो मैंने सिलेक्ट कर रखा था उस तो सारे के सारे आइटम अभी कहा चले गए प्राइमरी में तो प्राइमरी में आप देख सकते हैं ये कंपनी लेवल एन परसेंट जो रेट है ये मैंने कंपनी पे दे रखा है और क्योंकि ये आइटम्स ग्रुप में नहीं है जिसकी तो वजह से इन्होंने उस रेट को छोड़ के कंपनी के रेट पकड़ लिए तो ये मेरे कंपनी के रेट राइट तो ये आपको समझ में आई अभी जैसे ही सपोज चलो कि एक ग्रुप में और यहाँ पे क्रिएट करता हूं क्रिएट ग्रुप बी हाँ इसके परसेंटेज हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं ये मैं डाल रहा हूं और यहां पे मैं दूसरा रेट डाल रहा हूं ट्वेंटी एट परसेंट डाल रहा हूँ तो ये यहाँ पे सेव कर दिया अब ये ग्रुप में कुछ भी नहीं है स्टॉक आइटम में ऐसे में यहां से कुछ आइटम सीख करके ये कुछ आइटम पिक करके मैं उसको मू टू पैरेंट ग्रुप चेंज पैरेंट ग्रुप जो है उससे लेकर ग्रुप बी में डाल देता हूँ देख सकते हैं ग्रुप बी में मैं ट्वेंटी का मेरा सेटिंग था तो उसने बाय डिफॉल्ट इसको ट्वेंटी एट परसेंट ले लिया अभी ट्वेंटी एट परसेंट तो ठीक है अभी अभी इसी ग्रुप में रहने के बाद अगर मैं किसी एटम के रेट इंडिविजुअल लेवल पे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको कर सकता क्या वो देख लेता इसको मैं 12% कर रहा हूं वो भी यहां पे आया और इसको अपडेट जीएसटी डिटेल्स में आके स्पेसिफाई करके यहाँ पे इसको 12% कर दिया तो देख सकते हैं आपकी वो 28 के ग्रुप में है बट यहाँ पे वो इंडिविजुअल लेवल पे ट्वेल्व लिया हुआ है है ना तो स्टॉक एटम लेवल पे हम लोग किस तरह से सेट कर सकते हैं ग्रुप लेवल पे जीएसटी का सेटिंग कैसे कर सकते हैं और कंपनी लेवल पे कैसा कर सकते हैं ये तीनों लेवल उसने ले लिया तो हायर की जो इसका है कि अगर स्टॉक लेवल आ, बेसिक जो तो स्टॉक ग्रुप लेवल है वो फिर स्टॉक एटम लेवल और तीसरा है कंपनी लेवल अगर स्टॉक एटम लेवल पे आपने जीएसटी का सेटिंग कर दिए तो वो जीएसटी रेट स्टॉक आइटम लेवल से लेगा स्टॉक ग्रुप में भी है और स्टॉक आइटम लेवल पे भी है तो वो फिर भी वो कहा से लेगा स्टॉक आइटम लेवल से लेगा अगर कंपनी लेवल पे सेटिंग है और ग्रुप लेवल पे सेटिंग है तो वो कहां से लेगा ग्रुप लेवल से लेगा अगर ग्रुप लेवल में सेटिंग नहीं है और स्टॉक आइटम लेवल पे भी नहीं है तो कहां से लेगा वो वो लेगा कंपनी लेवल से तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से वर्किंग करते हैं इसका मैक्सिमम से मैक्म प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्जिस्टिंग डेटाबेस में आप ये मत कीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो है वो आपका जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहती है काफी सारे उसमें बिल रहते हैं काफी इम्पोर्टेंट डेटा है तो आप प्रैक्टिस के लिए एक डेटा बनाइए आप कंफर्म हो जाइए और आपको ये जो प्रोसेस है जो वीडियो है ये हंड्रेड एंड वन परसेंट आपके बिजनेस में हेल्प करेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत काम का है मैक्सिमम से मैक्सिमम को शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब की, की, कीजिए और थैंक यू वेरी मच बस आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं और भी एडवांस चीजें में लेकर क्या होगा थैंक यू हैव अ